हां तो हाँ तो फ्रेंड्स आज जानेंगे कि आधार कार्ड कैसे अपने फ़ोन से डाउनलोड करें सबसे पहले गूगल में लिखेंगे हाउ टू डाउनलोड आधार कार्ड ऑनलाइन उसके बाद जो साइट खुलेगा तो हम लोग को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके क्लिक करना है उसके बाद उसके बाद खुल रहा है अभी नेट थोड़ा स्लो चल रहा है अभी पे हाँ तो देखिए खुल गया आधार कार्ड का वेबसाइट यहाँ से डाउनलोड करना है आपको